When I look into your eyes, I believe. If you move out from my side, I'll be losing. I'll be losing. Grip on you, grip on you. Dil lag di liya, kis kis ki kar liya, chandni raat mein hum nikali. दर्द मेरा कह पाए आस कोई दिल में सोचो जरा सिरा चाहते हो या जाते हो हमसे बताओ के क्या चाहते हो किन्ना सोना रस किन्ना सोना दर सेरे। के दर ना भी सिंह हो गयी जरा जरा भी, भी सी दुश्मन सी हो गई गये घुमले खो गया है खुद का ही पता। क्या का रघ ने बनाया कि सोना पे रघु ने बनाया जी करना सोना पे रघ बनाया वो चांद के प्याले फिर भी सपने कर्ज खानो सच तो कहना बस यही मैं तेरे या तेरे बाप कवीर कसौ से न रह सकूंगा तेरे ना जिया कवीर तेरे ना जी सकूंगा तेरे, ना जी तेरे ना ले ले मुझे न जा I give up. I need this feeling. This feeling in my arms. No sun, no love to give. No air, no heart to give. For me, only you. I feel love when I look into your eyes. I believe. If you walk from my side, I'll be losing. I'll be losing grip on you.